तेरा जो रास्ता मेरा वो रास्ता खुदा पूरा दा ना जाए तू तेरा मेरा सफल रिहाय जो गुजर मजा तारे है इतों लगी जावे डर